हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में बताने वाला हूं और ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक है इससे कई लोगों की वीडियो वायरल हो चुकी है तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब पर माय फर्स्ट ब्लॉक का ट्रेंड चला हुआ है बहुत से लोग माई फर्स्ट ब्लॉक की जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है तो उनमें सबसे ज़्यादा जो म्यूजिक यूज किया जाता है वो म्यूजिक की वजह से वायरल होती हैं तो एक बहुत ही फेमस म्यूजिक है मतलब उस म्यूजिक को जितने भी लोगों ने माय फर्स्ट ब्लॉग में लगाया है उनकी वीडियो हंड्रेड परसेंट वायरल हुई है तो पहले वो म्यूजिक मैं आपको सुना देता हूं बह की सभी जुब हम है हजारों में तो जिंदगी आपने इस म्यूजिक को यूट्यूब पे सर्च भी किया होगा लेकिन ये म्यूजिक आपको नहीं मिला होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस म्यूजिक का लिंक भी दे दिया है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं मैंने इस म्यूजिक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो वहां से आप इस म्यूजिक को डाउनलोड करके अपनी माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो में लगा सकते हैं मतलब जितने भी लोगों ने इस म्यूजिक को अपनी वीडियो में लगाया है उनकी वीडियो हंड्रेड वायरल हुई है तो अगर आप ब्लॉग वीडियो बनाते हैं तो आप अपनी वीडियो में इस म्यूजिक को लगा सकते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना इस म्यूजिक को लगाने से आपकी ब्लॉग वीडियो वायरल हो सकती है और ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है इस वजह से जो भी अपनी वीडियो में इस म्यूजिक को लगाता है उसकी वीडियो पर ज़्यादा व्यू आते हैं और उसकी वीडियो वायरल भी हो जाती है तो आप भी अगर अपनी वीडियो में इस म्यूज़िक को यूज करना चाहें तो कर सकते हैं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 और अगर आपका YouTube से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं हो सकेगा जितना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो अगर आपको YouTube से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना मैं आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहता हूँ तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद थैंक यू सो मच